मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं हौसलों से उड़ान होती है